गली सी लगानो लबों की सजानो े अफसानों को मैं अपना बनो गली सी लगानो लबों की सजानूर अफसान धैरी <laughs> ये मुझको खबर है ये तुझको पता है, जो छाया धड़कन चाहत का नशा है ये मुझको खबर है ये तुझको पता है जो छाया धड़कन धड़पी चाहत का नशा है। वंगना तेरा बेखबर हो रहा है जानी पे प्यार आज अब